आपको अगर जोत दिख रही हो मेरे कहने से सिर्फ जोत के दर्शन करके और अपने मन की बात बाबा को बोलनी है दोनों हाथों पर मेरा दावा है काम बनेगा मिलकर बोला आएगा वो, वो, वो, वो, वो, वो, वो, वो, आएगा आएगा भो, आएगा भो, आएगा आएगा आएगा आएगा आएगा आएगा नरेश की बोलो खाटू नरेश की ने वाले की लोग बनाने वाले की ये ये ये।